तो कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से हम यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं हम चाहते हैं मीटिंग आईडी लिखना और मेरा मीटिंग आईडी हर तीन डिजिट के बाद इस तरह से चेंज होना चाहिए तो ये तो हमने मैन्युअली किया लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपना नंबर लिखूँ हर तीन डिजिट के बाद वो डैश अपने आप स्पेस अपने आप लगा दें तो कस्टम फॉर्मेटिंग के मैं जाऊँगा कहाँ से कैसे जाऊँगा फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर के अंदर कस्टम में और यहाँ हम देंगे तीन बार जीरो या हैश जीरो या हैश दोनों दे सकते हैं इस पर मैं हैश देता हूँ वन टू थ्री स्पेस लीजिए डैश लीजिए अगेन स्पेस वन टू थ्री स्पेस डैश स्पेस अगेन वन टू थ्री तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दिया और ऊपर मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता है कि कैसा शो करेगा आपका नंबर ओके कीजिए नंबर आपका इस तरह से शो हो गया ये नंबर में अगर जीरो रहेगा वो तो नहीं लेगा ना ले लेगा ले ले ले लेगा लेगा लेगा लेगा लेगा नहीं नहीं जीरो जीरो जीरो रहेगा तो तो तो में हुआ हुआ स्टार्टिंग अच्छा अच्छा